देखना मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के साथ समुंदर पार करके समुद्र में घोड़ा तरह बाहर चलाया गया है मैं भी मस्ती, मैं खड़ी है बहन तो फेर...